हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे आपके अपने प्यारे से चैनल पीडब्ल्यूएम में आज हम लोग इस चैनल की मदद से सीखने वाले हैं कि फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी ऑर्डर को कैसे यूज करें और इसका याद कैसे करें देखिए आप लोग सोचते होंगे कि इसका यूज कहां होता है तो इसका यूज करने का सबसे आसान तरीका मैं आप लोग को सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ कि आई नेमिंग कभी करते होंगे तो कभी एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो आप लोग ये कन्फ्यूज रहते होंगे की किसी प्रायोरिटी सबसे पहले दे तो इसे याद करने का सबसे अमेजिक ट्रिक्स में आपको लोगों को बताने जा रहा हूँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें तो इसके ऑर्डर कुछ इस प्रकार के होते हैं कार्बोगिलिक एसिड उसके साथ सल्फोनिक एसिड उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड उसके बाद एसिड एमाइडोनाइड एल डी हाइड कैटोन अल्कोहल हाईो अल्कोहल एंड लास्ट में अमीन आते हैं तो ये रहे इसके ऑर्डर इस ऑर्डर को याद करने का मैं आप लोगों को अमेजिंग ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जिसे आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं तो इस कुछ इस प्रकार के हैं कब से एसिड इस हाल में है साइनाइड एसोसाइनाइड को एल्डिहाइड ने काटा कब से एसिड इस हाल में है साइनाइड एसोसाइनाइड को एल्डिहाइड ने काटा कब से से, ही से से एसीड, एसीड से एसीड इस से एसिड, एसिड, एसिड एसिड एसिड इससे हाल में है इस तरह का और भी अभिजीत ट्रिक्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करे और, और बेलाइकन पर प्रे जाके प्रेस करे थैंक यू